गाइस मैं सोचने लगा था बैठे-बैठे कि यार होते, अगर किसी ने देखे होते तो कैसे दिखते मूवी और बाकी शो में तो देखा है कैसे दिखते खून टपकता लाल लाल से चलते रहते हुए खा जायेंगे उन लोग हमको मुझे वैसा लगता है तो ऐसे ही फुटेजेस है, है हमारे पास इंटरनेट से लाई हुई ढूंढी हुई पकड़ी हुई तो सोचो मत और देखते तो ये वीडियो फुटेज फुटेज कोई जेल के, के जो तुम जॉम्बी जैसे हरकतें रहा था फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं उसे, जो मुझे भी थोड़ा ब्लर ब्लर पर पर दिख रहा रहा सही लग हो मेरी आंखें इतनी बता तो सकती है ऐसे रियल लाइफ में कितने और होंगे पापा लग रहा है भी मुझे तो ये शख्स ऐसे गार्डन में घूमते घूमते भाई कोई जो ऐसा चल के आ रहा है फुल लग रहा भी वैसा ही है आते तो खड़े और सामने से चल के आ रहा है डर तो लग रहा है मुझे बस क्या रियल हो सकता है, है फेक। तो, तो रियल ही लग रहा है ना बात तो सही है <laughs> तो ये फुट देख के लग रहा है ना कोई कड़ी धूप है एकदम और सामने से वो शख्स ऐसे चल रहा है जैसे उसे भाई कोई कोई हिप्नोटाइज़ एक-एक जगह पे एम रहता है ना खाना ये उसे उसके पास जा रहा हो सॉम्बी टाइप लग रहा है पूरा सस्ते ड्रग्स लिया लगता है इसने भी आई थिंक आई सुनसान सा कमरा है उस कमरे में देख रहे हो आचू बाजू सामान सब सा दिख रहे बिखरे पड़े हुए हैं और जो टॉर्च घूमता है और उसके सर पे देखो लाल फूल हल्का साइट व्हाइट दिख रहा है टॉर्च का वैसे मेरे को लग रहा है उसने ऐसे ब्लड पिया है किसी का खोल करके पी लिया उसने सोम पी है मेरे सामने आ गया तो मैं भाग जाऊंगा डर के मारे तो बचाए मुझे ये पुलिस वाले लोग ने एक औरत को पकड़ा है जो उसने पूरी बॉडी उसकी काप रही है से किसी चीज का नशा हो जाता है उसकी बॉडी कापने लगती है और उसकी आंखें तो व्हाइट व्हाइट दिख रही है पागलों जैसे हरकतें करने लगी हो ऐसा लग किसी को मारी देखी हो केल, केल, रही है उसके अंदर जैसी कोई और शख्स है साम्बी तो फुल एकदम बिल्कुल लग रही है खुद ही एकदम डेंजर लग रही है भाई चेंज चें झेल जैसा लग रहा है एकदम बंद जगह कोई और सामने वाला चल के कैसे आ रहा है हाथ आड़े तेड़े सच्ची है ये तो जॉम्बी लग रहा है ये भी जोम्बी है कि क्योंकि सारे लोग जॉम्बी जैसे मतलब हरकतें कर करने लगे पूरे फुटेज में तो फोटेज कैप्चर हुए जो इंटरनेट पे क्या चीज़ नहीं कैप्चर होती सब कुछ होता है ये तो भाई शायद हो देख रहे दोनों की ये झाड़ा ही पतला है दोनों कैसे लड़ेंगे लड़ेंगे लड़े लगता दोनों ये तो सर सो तो खाने की कोशिश कर रहे हैं खा ही लेगा उसको लग रहा है मुझे तो वहाँ खाई लेगा ऐसा लग रहा है चेंज रियल है कि फेक पता नहीं बस इंटरनेट पर जो होता है कुछ भी होता है ये तो साफ साफ यार जोम्बी है ही बड़ा एक्चुअली नकली है मेकअप इतना फ्रो ओवर दिख रही है बट असली ऐसा लग रहा है कि नहीं कितना ही मेकअप हो असली लग रहा है कि नहीं उसको डिब्बी में कोई बंद किया है कैद करके रखा है ये बाहर आएगा तो वायरस फेल तो लोगों को फैल जाएगा लोग बन जाएंगे सॉम्पी सॉम्बी सोच के भी यार अजीब लगता है हम एक दूसरे को खाने लगेंगे पता नहीं कौन किसका क्या टेस्ट रहेगा सोचो एक बार तो ये एक शख्स ऐसे घूम रहा है शाम का टाइम है सामने से कोई रास्ते में उसको कुछ वॉक कर रहे हैं ऐसे, ऐसे हेल्प उसको क्या हो रहा है ऐसे कुछ नशे में गिर गया ये शख्स उसके पास जाएगा और तो उसकी महद करने को की कोशिश किया और उसको आगे जाने दिया और उसके पीछे पीछे जा रहा है तो यारम शक्ल देख रहे हैं उसका फुल जो जैसे लग रहा है उसकी चान ले सकते हैं चान बचा के भागना ही बेटर है नहीं तो कुछ हो सकते है व्यू आपको जरा सा पसंद आ तो लाइक एंड सब्सक्राइब साथ में बेलका ठोक दो तीनों भी